स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में पैदा हुए सभी समय के महान भारतीय आध्यात्मिक नेताओं में से एक हैं, जो 1893 की विश्व धर्म संसद में अपने जबरदस्त भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसने दुनिया को हिंदू वेदांत और योग का परिचय दिया अपने धार्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित है की सभी जीवित प्राणी ईश्वरीय स्व का अवतार हैं और इसलिए मानव जाति की सेवा करके परमेश्वर की सेवा की जा सकती है वह उनके माध्यम से जीवित रहा स्वामी विवेकानंद विवेकी ज्ञान के आनंद एक देशभक्त संत थे जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और प्रथाओं के माध्यम से समाज की भलाई धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दी युवाओं के लिए उनकी शिक्षाएं और विचार दिशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं अधिकानंद प्रेरणा और उपलब्धियों के लिए उनके महान शब्दों और शिक्षाओं को एक साथ संकलित करें